नमस्कार दोस्तों मेरा नाम किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी कि किशोर कुमार बैनर्जी पे इस चैनल में हम न्यूज़ ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं तो आज का जो वीडियो है वो डेटा एंट्री पे नहीं रहेगा हाल ही में जो है दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है वो कम्प्लीट हुआ है और हर साल की तरह मैं जो है अपने एरिया के दुर्गा पूजा आपको दिखाता हूँ तो वही पेश कर रहा हूँ कुछ वीडियोज़ रहेंगे ज़्यादा घुमा नहीं था कोरोना का जो है अभी भी जो है अनलॉक पीरियड चल रहा है तो चलिए कोलकाता के कुछ पूजास देखते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्रथम सकल के जाना शारदिया शुभे इचड़ा कण्ड दुर्गा उत्सव सुभाषपल्ली कमिटी तक ये चाहे एकदम सीम्पल थीम देख सबाई जेटे मन करी खूब एक डिप्रेशन मध्य दी चलते मानुषा क्यों मन फान्सियल क्राइसिस सबसे बेसि इम्पोर्टेंट हमें जेब देखाते चाहे पुजो मध्यमें सबसे इम्पोर्टेंट थीम हम पजिटिवगुलो ये देखो प्रत्येक कॉविडे प्रथम सर जो मानुषगुलो डाक्टर नार्स प्रचुर कन्जार्भेन्सि स्टाफ आशाकर्मी एने गचुर प्राण बात यह कारण देखो फ्रेमगुली तर तर उद्देश्य कर फ्रेम को छवि दे फ्रेमगू कलरफुल करारफुल कारण तरह तेज प्राण्ट गेट खूब कलरफुल इन द सक ग्लोरिफाई करते चाहिए तेज क्योंकि प्रचुर प्राण बेचे तो ते श्रद्धा ज्ञापन कर प्रधान उद्देश्य ये नहीं प्रदीप ये नहीं लाल छालू कपड़ दिए बाशगुल्कि कलरफुल कपड़ दिए बांधार कारण एकटाई जानुषर मानुसे सानुष्य बंधन आजकल तारीखें एक दिन दिन थी। तार जो मानुषे और एक जो मानुषे पास दाड़ान कारण्ट बोधे और बस इम्पोर्टेंट हो दाड़े ठीक एक ही भाव एनेको श्रद्धा जो कर मायर मंदिर ढुकी तक क्योंकि माँ केम शांतरूपे रेखे माँ ध्यनमग्न अवस्था रोचित जे माओ ध्यान कर शिविर का मानुषे माँ दुर्गार्थना कर आगामी दिनगुल मंगलमय तेतर मे चारिपाश ज्योति बढ़ो मानुष के कन्फिडेंस ज्यादा जै आगामी दिनगोद मंगलमय है ठीक एक ही भाव जर आज के ठाकुर देखते आसते से ही प्रथम श्रेणी मानुषुलो जाण चले गए जैसे विनिमय आज के जीवित भलोस्थ आजा जो श्रद्धा जापन एर बैठे और किच्छू नये विश्वास रखी जो आगामी दिनगुल्ध है और प्रत्येक पीढ़ी नियम कानून मेने सैनीटाइजेशन हाथ धोआ शुरू कर मास्क परा शुरू कर जो मिनिमाम डिस्टेंस मेनटेन कर शुरू कर सब मेनटेन चल आशा रखबो मानुष एखे आसबेंग आगामी दिनगढ़ मंगलमयह से कमना दुर्गारुभाषपल्ली सार्वजन दुर्गा उत्सव कमिटी थ्रू दिए जानव भलो ए उठे आगामी दिन ग